How teachers can start a YouTube channel and make money online in 2023? मैं पर उन सब टीचर, टीचर, टीचर जहाँ पर फंसते हैं आकर टैक ही नहीं होते COVID आया तो बहुत ज्यादा टीचर ऑनलाइन हुए लेकिन आप जूम के अंदर काफी ज्यादा हैकिंग हुई आपकी जो जूम क्लासेस है उसको कोई लीक कर देता था YouTube एक ऐसा जरिया है जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता बल्कि आप पब्लिकली सभी बच्चों को पढ़ा रहे होते हो और कोई इसके अंदर मुदाखलत नहीं कर सकता इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट कवर करूँगा जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि क्या आपको करना चाहिए मेजरली जो हमारे पास टीचर होते हैं वो वो ग्यारह से बारह पड़े होते हैं और वो थ्री से फोर क्लास को पढ़ाते हैं और जो हमारे पास अपर लेवल के होते हैं उन्होंने एम उन्होंने एम करके रखा होता है और वो टीचर्स नाइन्थ एंड टेंथ एंड एलेवेंथ क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं उनको पढ़ा रहे होते हैं टीचर्स ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे वो एक YouTube चैनल स्टार्ट कर सकें तो मेजरली आपको फोकस करना पड़ेगा जैसे आप अपनी क्लास के अंदर 70 से भी ज्यादा बच्चों के ऊपर फोकस कर लेते हैं एक इंडिविजल बच्चे को भी जान जाते हैं कि भाई वो कैसा पढ़ेगा उसका कंसेप्ट कैसा होगा वो क्या गलती करने वाला है आपको अंदाजा हो जाता है इसी तरह आपको इस बात का भी अंदाजा लगाना पड़ेगा कि आप किस सब्जेक्ट के अंदर अच्छे हो अगर आप लोग उर्दू सब्जेक्ट के अंदर अच्छे हो तो आप लोग उर्दू ही पढ़ाओगे अगर हिंदी सब्जेक्ट के अंदर अच्छे हो तो हिंदी पढ़ाओगे अगर इंग्लिश के अंदर अच्छे हो तो इंग्लिश सब्जेक्ट ही पढ़ाओगे वो है आपकी निश टॉपिक अपने सब्जेक्ट के ऊपर डटे हुए हो टीचर्स के लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल चीज हो जाती है अपने सब्जेक्ट के अंदर रहते हुए डिफरेंट क्लासेस को पढ़ा सकते हैं एक टीचर है वो एक स्कूल के अंदर पढ़ा रहा है उसने इंग्लिश का सब्जेक्ट लिया हुआ है ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट को भी पढ़ा रहा होगा एलेवन क्लास के स्टूडेंट को भी पढ़ा रहा होगा टेंथ एंड नाइन्थ इस एट्थ सेवन क्लास को पढ़ा रहा होगा वो टीचर इंग्लिश तो बस आपने इसी चीज़ का फायदा उठाना है कि आपने आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है और आप छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं और ग्यारहवीं बारहवीं क्लास को पढ़ा रहे हो इंग्लिश सब्जेक्ट तो बस आपने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वीडियोज़ बनानी है सबसे पहले आपने एक YouTube चैनल क्रिएट कर लेना है YouTube चैनल क्रिएट करना नहीं आता डोंट वरी YouTube के ऊपर रिसर्च कर सकते हो नहीं तो आप मेरी प्लेलिस्ट लिस्ट को चेकआउट कर सकते हो मोबाइल से YouTube चैनल कैसे बनाएं अब जब आप लोगों ने एक YouTube चैनल बना लिया है तो अब आपको वीडियोस बनानी पड़ेगी वीडियोस के लिए आप लोग कोई भी वीडियो देख सकते हो इंटरनेट के ऊपर बेस्ट वीडियो एडिटर कौन सा है इसके बाद आपको थमनेल बनाने के लिए ऑब्वियसली पिक्सल लाइव की जरूरत पड़ेगी ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है YouTube के ऊपर लाखों की तादाद में वीडियोस देखने को मिल जाएंगी तो मैं इनको स्किप अप कर रहा हूँ मैं मैं उन मेजर टॉपिक की बात करूँगा जो आपको रिक्वायर्ड है तो सबसे पहले जब आपने एक YouTube चैनल बना लिया है उसे सेटअप कर लिया है तो अब आप, आपको एक जगह की ज़रूरत होगी अब उस जगह के साथ आपको एक ट्राई एक कैमरा ओबियसली आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है तो आप लोग मोबाइल फ़ोन से स्टार्ट कर सकते हो लेकिन आपके पास एक माइक ज़रूर होना चाहिए जो मैं आपको माइक रेकमेंड करूंगा वो है बॉय बी M1 आप लोग ये खरीद सकते हो इसकी तार बहुत ज़्यादा लंबी होती है जो आपको हेल्प करेगी वीडियो बनाने के लिए इसके ओपन कैमरा एक मोबाइल अपलिकेश जिसका अभी भी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आप लोग इसका भी यूज़ कर सकते हो अब आप लोगों ने एक अपने स्कूल के अंदर रहते हुए क्योंकि जब आप वीडियोज़ बनाओगे तो आपके स्कूल के अंदर को आपके स्कूल में बच्चों को छुट्टी हो चुकी होगी दो से तीन घंटे पड़े होंगे आपका स्कूल बंद होने में जो आपका पी है वो आएगा वो स्कूल को बंद करेगा वो तीन घंटे बाद आता है या दो घंटे बाद आता है तो उसी दौरान आप लोग वीडियोस बना सकते हो अपने क्लासरूम के अंदर रहते हुए किसी भी बच्चे से बुक ले सकते हो कि भाई मुझे एक दिन के लिए बुक दे दो या आप लोग खुद भी बुक बो करके वहाँ पर लाइक सब्जेक्ट वाइज वीडियोज़ बना सकते हो अब आप लोगों ने एक चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है जब भी आप लोग वीडियोज़ बना रहे हो तो आप लोग अपलोड करते जाओ चाहे आप लोग एक साथ सारे लेक्चर रिकॉर्ड कर लो किसी भी स्पेसिफिक बुक के लाइक नाइन्थ क्लास के या टेंथ क्लास के और उसको अपलोड कर दो लेकिन आपकी वीडियो चंक में होनी चाहिए मतलब स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए आपकी वीडियो ताकि आपके जो व्यूवर्स हैं या आपके जो स्टूडेंट हैं वो ईज़िली वीडियो को स्टेप बाई स्टेप देख सकें क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादातर ऑनलाइन एग्ज़ाम के दौरान आते हैं जब एग्जाम करीब आ रहे होते हैं तो एक महीना पहले वो ऑनलाइन आते हैं और वो ऐसी प्लेलिस्ट लिस्ट ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पर उनको तरतीब में चीज़ें देखने को मिल जाए तो आप लोग यूट्यूब के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना लेनी है प्ले लिस्ट बनाए नाइन्थ क्लास इंग्लिश बुक उसको चैप्टर वाइज आप लोगों ने वीडियोज के अंदर तकसीम कर देना है लाइक चैप्टर वन चैप्टर टू चैप्टर थ्री इस तरह से चंक में तकसीम कर देना है और नाइन्थ क्लास ऊपर टाइटल वगैरह आप लोगों ने दे लेना है इसी तरह एट क्लास का सेवंथ नाइन्थ एंड ट्वेल्थ इसी तरह आप लोगों ने चीज़ों को सीम करते जाना है अब ये तो होगी आपकी वीडियोस तो मान लेते हैं कि आपने छः महीनों के अंदर लाइक सारी क्लासेस की वीडियोस बना ली हैं उसको उस, उनकी प्लेलिस्ट भी बना ली है और उनको अपलोड कर दिया अब क्या होगा कि क्योंकि सिलेबस तो हमारा चेंज होता नहीं है चार चार पाँच पाँच साल तो ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी क्योंकि पाँच साल आपकी ये वीडियोज़ चलेंगी हो सकता है कि किसी आ, कोई कोई सब्जेक्ट लॉन्ग टर्म तक चलते हैं लाइक 10 साल भी चल जाते हैं तो ये जो वीडियोज़ होंगी या फिर ये प्ले होंगी ये हर वो स्टूडेंट देखेगा जो भी नाइन्थ या टेंथ क्लास के अंदर है और उसको इंग्लिस सीखनी है तो वो आपकी ये प्ले लिस्ट लाजमी देखेगा कभी अगर स्टूडेंट को ना एक प्ले के अंदर सभी चीज़ें तरतीवी के अंदर देखने को मिल जाती हैं तो वो चीज़ मज़े से देखता है मतलब वो स्किप वगैरह नहीं करता है इससे आपका वाच टाइम भी अच्छा आएगा और आपकी वीडियोस भी रैंक होंगे जब आपकी वीडियोस रैंक होंगी तो ऑबियसली आपके शहर में या आपके सूबे में या आपके मुल्क के अंदर आपका नाम रोशन होगा कि आप इतने हद तक पहुंच जाएंगे कि आप इतने फेमस टीचर बन जाओगे जो आप पहले नहीं थे कि अब आप, आप कोई भी स्टूडेंट लाइक like कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी स्कूल आपको अप्रोच करना चाहेगा एक तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी अब जब आपकी डिमांड बढ़ी गई है तो आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि हज़ारों स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आपसे सीखना चाहेंगे आपसे पढ़ना चाहेंगे तो आप क्या उन्हें ऐसे ही छोड़ेंगे नहीं तो आइए मैं आपको कुछ आगे कुछ फ्यूचर प्लानिंग बताता हूँ जिससे आप लोग इजीली ऑनलाइन अर्निंग कर पाओगे अपने लेक्चर से तो यहाँ पर आप लोगों ने हायर करनी है डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ताकि जो आपने इंग्लिश के सब्जेक्ट बनाए हैं उन्हीं को वो कवर कर सकें लाइक उनके उर्दू के सब्जेक्ट भी होंगे उन मुत पाकिस्तान के भी सब्जेक्ट होंगे केमिस्ट्री साइंस इस्लामियत इसी तरह उनके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे जो उनको चाहिए होंगे उनको नीड होगी और वो चाहते होंगे कि वो आप ही के चैनल से सीखें कोई भी बच्चा आपका फैन बनता है ना तो वो फैन बन जाता है कि वो कोई भी आपने बात कह दिया है वो पत्थर के ऊपर लकीर है वो आपकी बात मानेगा ही मानेगा तो इसलिए आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि कुछ टीचर्स को बेस्ट टीचर्स को आप लोगों ने अप्रोच कर लेना है नहीं तो आप अगर आपका कोई ऐसा यूट्यूबर दोस्त है या फिर एक ऐसा आपका फ्रेंड है जो एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हुआ है और उसने वो लेक्चर पढ़ाए हुए हैं तो आप लोग क्या कर सकते हो उसके साथ कोलेब्रेशन कर सकते हो जब आप किसी भी यूट्यूबर के साथ अपनी निच के हवाले से लाइक अगर आप टेंथ क्लास को पढ़ा रहे हो लाइक like पंजाब बोर्ड की बात करें तो टेंथ क्लास के अंदर आपने इंग्लिश पढ़ाई लेकिन आपका जो टीचर दोस्त है या एक यूट्यूबर है उसने उर्दू को कवर किया है अब आप लोगों ने उसके साथ क्लाब्रेशन करनी है उसे कहना है कि भाई देख तूने उदू को कवर कर दिया है अपने चैनल के ऊपर मैंने इंग्लिश को अपने चैनल के ऊपर कवर कर दिया है क्यों ना हम लोग कोलेब्रेशन करें अब जब लोग कोलेब्रेशन करोगे तो आपने जो वीडियोज़ बनाई हैं अब उन्हीं वीडियोज़ को सेकेंड चैनल पर भी ले जा सकते हो उस दोस्त के चैनल के ऊपर भी मतलब आप लोग कलेब्रेशन कर रहे हो चैनल आपके ही हैं लेकिन एक्सचेंज हो गए हैं कि आप वही कंटेंट वहां पर भी बना रहे हो और वहां से भी आप लोग लाइक आपकी कोलेब्रेशन हो रही है और आप दोनों का कंटेंट देखा जा रहा है इसी तरह आप लोग डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर कोलेब्रेशन कर सकते हो नहीं अगर आपकी जो डिमांड है वो मार्केट के अंदर बढ़ गई है तो आप लोग खुद का खुद की टीम हायर कर सकते हो और उनको पढ़ा सकते हो इसी तरह जब बच्चों के एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं तो उनको एग्ज़ाम की अपडेट भी चाहिए होती है तो आप लोग बच्चों को एग्ज़ाम की अपडेट भी दे सकते हो मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी क्या करते हैं भाई हुकूमत पंजाब की तरफ से या पंजाब बोर्ड की तरफ से ये खबर निकल कर आ रही ये ये खबर फेक है ये खबर दुरुस्त है तो इस हाइप से बचने के लिए आपने तस्दीक कर लेनी है कि कोई भी वीडियो बनाने से पहले क्या ये खबर वाकई में सच है या झूठ है ऐसा ना हो कि आप वीडियो बना दे बाद वो फेक है लाइक जैसे मेरे साथ हुआ मैं आपको अपनी छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ मेरे साथ क्या हुआ कमिस्ट्री का मेरा प्रैक्टिकल था सपली वाला मैंने क्योंकि मेरी सपली आई तो मैं वो पेपर देने गया लेकिन क्या हुआ कि नौ नवंबर थी Like 2022 की बात तो ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि पंजाब को छुट्टी है लेकिन बाद में हुकूमत ने कहा कि यह नोटिफिकेशन फेक है अब क्या हुआ कि आधा पंजाब जागा रहा और आधा पंजाब सो गया जिसकी वजह से मेरा पेपर हो गया कैंसल फिर 23 नवंबर को जाकर मेरा पेपर दोबारा हुआ और इसमें इतफ़ाक देखे कि मेरी रोल नंबर स्लिप हो गई गुम और जैसे मेरी रोल नंबर स्लिप गुम हुई बहावलपुर बोर्ड से वो मैंने दोबारा प्रिंट आउट करवाई और 23 नवंबर लिखा हुआ आया एक मिस्ट्री के प्रैक्टिकल पेपर के अंदर इसलिए कहा जाता है कि कोई भी खबर देनी आपने तो तस्दीक वाली ख़बर देनी है कि वो सच खबर हो और आपने उसके पीछे की जो सूरत हाल है जो मीडिया ने बता दिया कि ये सूरत हाल है कि इसके पीछे ये हो रहा है वो भी आप लोगों ने स्टूडेंट के साथ शेयर कर देनी है एक छोटी सी वीडियो अबाउट टीचर्स के एक टीचर्स किस तरह से यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब यूट्यूब चैनल मास्टर क्लास एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग